हाय गाई मायने में क्षमता राजभर हेलो गाईस मायने में सिया कश्यप हाय गाईस मायने में चांदनी राजभर आज आज मैं आप लोग को कंप्यूटर के फादर्स का नाम बताऊंगी. आज मैं आप लोग को बताऊंगी माउस के फादर का नाम आज मैं आप लोग को बताऊंगी कीबोर्ड के फ़ादर का नाम कंप्यूटर के, फादर के फादर्स हैं चार्ल्स बेबे माउस के फ़ादर हैं डगलस एंजल कीबोर्ड के फादर हैं विस्कर्मा आज मैं बताने जा रहा हूँ कंप्यूटर प्रकार कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं एनालॉग, डिजिटल हाइब्रिड। डिजिटल कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं माइक्रो मिनी, मेनफ्रेम, सुपर गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग cpu is a you can say that cpu is a mind of computer and you can uh, you can also say that cpu is a main part of computer and i want to tell you cpu cpu is the main part of computer and uh, as we know that uh, what is full form of cpu so cpu full form name is central processing unit and now hi everyone my name is sadar singh i belong to sundarpur kotturi today i am going to explain about keyboard that वाट इज़ द कीबोर्ड and how many टाइप ऑफ कीस एंड हाउ मैनी कीस इन ए वर्क की बोर्ड तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक कीबोर्ड है जिसको हिंदी में कुंजी पटल कहते हैं यह एक इनपुट डिवाइस है जिसकी सहायता जिनमें अनेक प्रकार की बटम्स होती है जिनकी सहायता से जिन्हें दबा कर या फिर हम किसी भी कंप्यूटर में डाटा इनपुट कर सकते हैं ये बटम पाँच प्रकार की होती हैं पहला फंक्शनल कीस गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग प्रजापति आई कमा माय कोर्स ने डी सी डी सी फुलफाम एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे कि गाइस मैं बताने जा रही हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ फुलफाम कंप्यूटर कॉमोली ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलर यूजर ट्रेडिंग एजुकेशन रिसर्च सीपीयू सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट बीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट टी टेलीविजन यूएस यूनिवर्सल सीरियल बस आई आई इंटीग्रेटेड सर्किट सी डी कंपेड डिस्क डीबीडी डिजिटल वीडियो डिस्क एस एम पी एस स्विच मोड पावर सप्लाई इन इन इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरका इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर रैम रेंडम एक्सेस मेमोरी रोम रीड ओनली मेमोरी बी आई ओ एस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सी आर टी कैट हो रेड ट्यूब एल लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यलईडी लाइट इमिटिंग डायोडमेटिक लॉजिकोलिटोरी सिंह आई कम फ्रॉम वेरी माई कोर्स नेम इज एडिस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन टूडे आई वॉन्ट टू टेल अबाउट की बोर्ड की बोर्ड को हिंदी में कुंजी पटल कहते हैं इसमें पाँच प्रकार की की होती है अल्फाबेटिकल की A to Z, स्पेश की F1 से F12। ट हाईब्री वन माई नेमिस संजू कुमारी माई कोर्स नेमिस से डी सी ए डी सी ए फुलॉम एडवास डिप्लोमा इन कंप्यूटर अप्लीकेशन मैं बताने जा रही हूँ कंप्यूटर के प्रकार कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं एन लॉक डिजिटल हाइब्रीड एन लॉक कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो भौतिक मात्राओं को अंकों में कन्वर्ट करता है जैसे कि टम्परेचर स्पीडोमीटर थर्मामीटर और डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो बाइनरी नंबर को समझता है जैसे कि 01, 01 डिजिटल की गणना करता है डिजिटल डिजिटल कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं जैसे कि मैक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर मैन कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर वह कंप्यूटर है जो एनलॉक डिजिटल का मिश्रण होता है जैसे कि ई सी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम माई नेम इजिक्रॉम तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कीबोर्ड के बारे में कीबोर्ड जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कीबोर्ड में पांच प्रकार की की होती हैं नंबर वन फंक्शनल की नंबर सेकंड हाय एवरीवन गुड मॉर्निंग माय माइनेंस की सराज भर आई कन फ्रॉम मोजन मादा मा माई डी एफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग आज मैं मोनीटर के बारे में बताने जा रहा हूँ मोनीटर एक हमारा आउटपुट डिवाइस है मोनीटर एक हमारा आउटपुट डिवाइस है जिसको हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं और ये दिखने में टीवी या टेलीविजन की तरह होता है और मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर के बिना हमारा कंप्यूटर अधूरा रहता है मॉनिटर हमारा स्क्रीन मॉनिटर स्क्रीन पर आउटपुट दिखाता है मॉनिटर मौ, में भी ये तार लगा होता है जिसका फुल फॉर्म है वीडियोग्राफिक एरे और मोनीटर के प्रकार सर सी आर एल सी डी सी आर टी हो गया सर एवरी वन माई नेम इज सत्य एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आज मैं बताने जा रही हूँ कंप्यूटर के प्रकार कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं एनालोकर डिजिटल कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर एनालोकूटर वह कंप्यूटर होता है जो भौतिक मादों को अंकों में कन्वर्ट करता है जैसे थर्मामीटर स्पीड मीटर टेम्परेचर हाई एवरी वन गुड मॉर्निंग माई नेवेश यादव आई फ्रोम कुशमा माई कोर्स नेम ए डी सी ए डी सी ए फुलॉम एडवांस डिप्लोमा एंड कंप्यूटर अप्लीकेशन आज हम आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कीबोर्ड कीबोर्ड के बारे में कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसमें अनेक प्रकार की की होती हैं इन की को दबा करके हम किसी भी डाटा को इनपुट करते हैं कीबोर्ड में पांच प्रकार की की होती है नंबर एक फंक्शनल की नंबर दो अल्फ़ावेडिकल की नंबर तीन न्यूमेर न्यूमेरिकल की नंबर चार स्पेशल की नंबर पाँच एरो की कीबोर्ड में तीन प्रकार के लॉक होते हैं नंबर वन नंबर वन टैप लॉक स्लो लाख नम लाख और कीबोर्ड में एक तार लगा होता है जिसका नाम यूएसबी तार है यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल टी वी पर टी वी फुल फॉर्म क्या होता है टेलीविजन तो आपका टीवी पे क्या आता है एडवर्टीजमेंट आता है कहते पे हैं पेटीएम करो तो मैं बता दूँ पेटीएम के फादर कौन है फाउंडर कौन है तो विजय शेखर शर्मा है तो आप देख सकते हैं आगे यहाँ पर आज मैं आपको पूरा नॉलेज दे देता हूँ तो यहां पर लिखा है एमेजॉन तो यहां पर देखिए ट्रिक एक लगी A से लेकर Z तक तो इसका मतलब क्या होता है कि A टू Z आप कोई भी सामान क्या कर सकते हैं खरीद सकते हैं बुक कर सकते हैं यहां पर यहां पर देखिए A टू जेड एमेजॉन एमेजॉन के फादर कौन है फाउंडर कौन है तो जेब बिजोस है गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो उनका फोटो भी लगा है जेब बिजॉस आगे चलते हैं यहां पर लिखा है देखिये फ्लिपकार्ट तो फ्लिपकार्ट के फाउंडर कौन है तो बन्नी बंसल और सचिन बंसल जैसे कि आप फोटो भी देख सकते हैं सचिन बंसल और बन्नी बंसल का तो यहाँ पर देखिए जितने भी क्वेश्चन थे मॉनिटर से रिलेटेड ओएलईडी से रिलेटेड मैं आपको पूरा बता दिया यहाँ पर तो आप लोगों को कैसा वीडियो लगा तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो आई विल मेक नेक्स्ट वीडियो थैंक यू हैव अ गुड डे सी यू बाय